आज मैं बताने जा रहा हूं कैसे बनाएंगे कैलेंडर। चलो फिर स्टार्ट कर पड़ा पहले हम खोल लेंगे अठारह दर्जन पड़ा ओपन हो गया तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लूंगा साइज मैं रखूंगा ए थ्री मेरे हिसाब से मुझे कैलेंडर चाहिए अब मुझे करना मुझे कैसे कैलेंडर अच्छे फर्स्ट ये पेज ए थ्री है तो पहले टूल पे जाना है आपका वर्जन इससे लोअर है तो 2018 से लोअर है तो हमें जाके विज़ार्ड पे जाना है रन कर देंगे हमें सारे के सारे मंथ चाहिए या तो फिर हमें एक ही मंथ चाहिए नन कर देंगे अगर हमें एक एक वन चीरा में ऐसे ही हमें लेंगे मुझे तो सारे चाहिए और लैंग्वेज कौन सी चाहिए आप इंग्लिश दूसरे बोल और मंडे या संडे कहाँ से संडे या मंडे से करते हैं मैं से हूं। और साइड में आपको दिखाई दे रहे मंथ ऐसे भी रख सकते हैं हम लाइक इस्ला महीना खत्म हुआ है अभी जो चल जो तो चल रहा है और जो आया वैसे ये ये भी अच्छा है सारे कैलेंडर पे नहीं ये चाहिए और थोड़ा खत्म ठीक है बट और मेरा ये भी ठीक है और और भी है देखो इस टाइप से भी है इस टाइप से भी है ये भी है इसका पूरा डिटेल कुछ जो आप बताते हैं। ठीक है, थोड़ा ठीक है, I like this one. थोड़ा थोड़ा सा सा बड़ा, ले आउट देखेंगे कैसा है इसका लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ना है राइट से कितना छोड़ना है टॉप से बॉटम से कितना मार्जिन छोड़ना है वो देख लेंगे फॉर्मेटिंग देख लेंगे बाद में पहले देखेंगे हम फोंट्स फोंट्स के लिए इसमें एरियल है फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं आप ये टाइटल का फॉन्ट है ये हेडर का फॉन्ट है टाइटल जो नीचे जो सारे वर्ड्स हैं उसका है हेडर का फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं लाइक दिस हेडर चेंज हो गया ऐसे हेडिंग है पर तो टाइटल है ये जनरल टाइटल है ये सबसे तो अच्छा लग रहा है रेगुलर रेगुलर रेगुलर बेस्ट, बेस्ट नहीं, नहीं, इट उनके अच्छी ट भी रह सकता हूँ ये भी ये भी ऐसे कर कर हैं टॉप से और बॉडीटल या फिर बड्डे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं ऑन टू द ओवर सेल बाय बट थोड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा उनका देखो और देखा भी मजा आ तो तो तो है तो रहा है देखने में हम, तो तो तो हम हाईलाइट भी कर सकते हैं कौन सा हम हाईलाइट करना चाहते हैं कौन सा हम करो बट कौन सी डेट हाईलाइट करना हा चाहते हैं जैसे इतना का छोटे खबर जैसे भी हाईलाइट कर सकते हैं हम कर तो mm. कंप्लीट हो गया इसके अभी जनरेट हो गया देखिए पूरा कंप्लीट हो गया और इसके अंदर कुछ देखते हैं पहले मैं कंटेंट बन तो देंगे। कर देंगे, कंट्रोल आई इंपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट, देखते हैं मेरे पास कोई पड़ी है पिक्चर तो भी पेर। तो, तो आप इस टाइप से इसमें कोई भी इमेज फिक्स कर सकते हो जब मैं आपको एक दिखा हूँ डाउनलोड करनी पड़ेगी डाउनलोड नहीं है फ्री mm. ले लेंगे mm. मिल जाती है ओके तो आज हम हमारा एक किसी गोपाल नहीं आच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हाईलाइट करना पड़ेगा हैं मॉन्टेन मल लेख तो तो फ्री वाली कहाँ है फ्री वाली कहाँ है चलो यही लेते हैं अलग अलग डाउनलोड में कर कर लेंगे डाउनलोड के करेंगे तो इंपोर्ट देंगे आप थोड़े से लंबे होंगे like yeah. चलो कोई इसको कर कर देंगे इन इसके देंगे इसके तीन साइड टल नहीं किया था टैंगल मैं अपनी ऐड को हम हैं के अभी लिए में करते हैं मार जीवन से इस लाइक ऐसे सही करना पड़े रह ऊपर आ गया है इसी इस कलर okay. थोड़ा सा कर तो तो जो हमने कलर क्या And, uh, we need to put all metal items. We need to put all. कंपनी जो ट्रैवलिंग करवाती है हाई कोई तो नहीं, तो नहीं चलता है power click to exit now sorry sorry pro double click this i think i have to choose color from paste and it there it is there i took pretty well but i think you have to give some She, I think, I, yeah. If we start, we have brown. Okay. Over blueish color. I'm gonna have the pink color. Pink. Pink color. Pink, pink. Yeah, yeah, yeah. Pink, pink. Okay, okay. That's great. We start. We have pink. Okay. Long, long, long, long day. Yeah. This is the time to be down. What about that? 2023 calendar ready. That's it, bro. This is 2023 calendar. मैं तो लेके वो 20 23 40 रुपए सेलिंग और ये आएगा ना वो भी 20 23 ये तो बढ़िया बैक फर्स्ट है आई तू सेव दिस ब्रो सेव इन अटैच लॉस्ट नेम ट्रेवल प्लैंड Oh my god what the hell 23 bro one space one select space space center can you got the client is ready just the space more i think i guess the test is going to be alright i think That's good. That's good. That's look nice. Perfect. Save कर देंगे. Export कर देंगे इसे. PNG में export करेंगे यहाँ से. PNG export करते हैं. शुरू करते हैं. Export बड़ी पायलट. Export. Twenty four. करनाल रिजल्ट